ये आपने हमेशा सुना है इंसान अमर हो सकता है और साइंस इस पर रिसर्च कर रहा है लेकिन इस वीडियो में आपको इसकी डिटेल्ड प्रोसेस ओनली 40 सेकंड में बताने वाला है आप में से शायद ही किसी ने इस जिली को देखा होगा जी हाँ ये जिली अमर है क्योंकि ये अपने रहती है इसी के बेस आरोप साइंटिस्ट भी इस सेल्स प्रोसेस ऐसी से हम हुआ जिससे की हम कभी भी नहीं मरेंगे और हम इमोटल हो जाएंगे इस रिसर्च के अबाउट आप का कहना है क्या ये प्रोसीजर सक्सेस हो पाएगा कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए विजिटर हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्ट्रांग इंसान अपने अलावा दूसरों की टांग नहीं हाथ पकड़ना प्रिपेयर करता है थैंक्स फॉर वाचिंग